वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक वैकेंसी लेकर के आया हुआ हूं, जो कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड में निकली हुई है ये वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट्स की है इसमें आई टी कैंडिडेट सप्लाई कर सकते हैं फिटर इलेक्ट्रिसियन डीजल मैकेनिक। इन ट्रेड से जिन भी कैंडिडेट्स ने आई किया हुआ है ऐसे सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वैकेंसी जो है मध्य प्रदेश स्टेट से सिंगरौली जिले से निकली हुई है अब हम इसका यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे यूटिलिटी पावर लिमिटेड एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से निकली हुई है अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें मांगी गई है यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड यूपीएल में सहायक लोको लोको ड्राइवर के पर, के आधार पर, के पद पर पर अनुबंध आधार भर्ती लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं असिस्टेंट पायलट इलेक्ट्रीशियन डीजल मैकेनिक हुआ है ऐसे कैंडिडेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आई टी आई एनसी एस, एससी दोनों ही ट्रेडों में से ए, किसी भी बोर्ड से किया हो इसमें हैं कैंडिडेट ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये तीस मार्च 2022 को निकली हुई है जिसकी अंतिम तिथि उन्नीस चार 2022 है इसे ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से नीचे दे दूंगा इसमें जो पेपर होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑप्शनल दो घंटे का पेपर होगा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर आपका आएगा। चैनी, चैनी को नब्बे प्रशिक्षण अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से दिया जाएगा उक्त प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अभ्यार्थियों को सात हजार रुपये प्रतिमा स्टेपेंट के रूप में दिया जाएगा चयनित अभ्यर्थियों को सिक्स लैक्स छह लाख रुपए का जी अतिरिक्त सेवा बॉन्ड पाँच वर्ष के लिए यू पी पक्ष में दे होगा जिन कैंडिडेट्स ने फिटर इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक से आई, आई किया हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैं इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा